जय हिंद ये का प्रैक्टिस सेट नंबर दो है प्रैक्टिस सेट नंबर एक में एक से साठ प्रश्न हो गए थे अब आज के प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर इक्यावन इक्यानबे से तो प्रश्न नंबर इक्यानबे है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी लगभग कितनी है आपसे नए है अड़तालीस चालीस किलोमीटर बी है अड़तीस चवालीस किलोमीटर चौंतीस किलोमीटर या फिर छत्तीस या फिर तीन लाख चौसठ हजार किलोमीटर तो पेन पेपर लेकर साथ में साल्व करिए आखिर बताइएगा हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी है प्रश्न नंबर बानवे निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंत घाटी से होकर बहती है आपसे गंगा, बी नर्मदा, नर्मदा। या फिर डी तो प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन तिरानवे ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड संबंधित है नियंत्रण ने से, बी दुग दुग से, दुग्ध उत्पादन सी सिंचाई विकास से या फिर मृदा संरक्षण से तो प्रश्न नंबर तिरानवे का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से प्रश्न नंबर की आंतरिक संरचना में क्रोध का निर्माण निम्न में किन तत्वों से हुआ है ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्यूमिनियम बी सिलिका एवं मैग्नीशियम सी लोहा एवं निकेल या फिर डी सिलिका एवं लोहा तो प्रश्न नंबर चौरानवे का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा एवं निकल प्रश्न नंबर पंचानवे निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है ऑप्शन है आयन मंडल बी क्षोभ मंडल सी ओजोन मंडल या फिर डी समताप मंडल तो पृथ्वी की सबसे निचली परत है वो है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल नंबर छियानवे लॉर्ड मैकालय संबंधित है आपसे ने सेना के सुधार से बी सती प्रथा की समाप्ति से सी अंग्रेजी शिक्षा से या फिर डी स्थायी बंदोबस्त से तो लॉर्ड मैकाले का संबंध ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से है प्रश्न नंबर सतानवे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपसे सुचेता कृपलानी बी राजकुमारी अमृत और सी नेली सेन या फिर डी एनी बेसेंट तो इसने बताना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एनी संतानी प्रश्न नंबर अठानबे भारतीय इतिहास में स्वर्णयोग किस काल को कहते हैं ऑप्शन मौर्य काल को बी वैद्य काल को सी गुप्त काल को या फिर डी वर्धन काल को तो स्वर्ण युग की बात हो रही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुप्तकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है प्रश्न नंबर निन्यानबे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था ऑप्शन ए अकबर ने बी जहांगीर ने सी शाहजहाँ ने या फिर डी औरंगजेब ने तो प्रश्न नंबर निन्यानवे का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने प्रश्न नंबर सौ सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी ऑप्शन ए इलाहाबाद की बी सिकंदराबाद की सी कानपुर की या फिर डी आगरा की तो प्रश्न नंबर सौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आगरा की प्रश्न नंबर एक सौ एक निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र बिक्रमशिला महाबिहार का निर्माण करवाया था आप सी धर्मपाल ने बी धर्म गोपाल ने या फिर श्री हर्ष ने या फिर डी बालादित्य ने तो विक्रमशिला Enfin, जो महावीरा महाविहार है उसका निर्माण किसने करवाया था तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मपाल ने प्रश्न नंबर 102 कालीबंगा किस राज्य में है ऑप्शन ए गुजरात बी पंजाब सी राजस्थान या फिर डी हरियाणा तो कालीबंगा किस राज्य में है ये बताना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में है काली प्रश्न नंबर एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने बी स्वामी विवेकानंद ने सी राजाराम राम मोहन राय ने या फिर डी दादाभाई भाई ने तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ये बताना है प्रश्न नंबर एक सौ तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न नंबर एक सौ चार आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी ऑप्शन ए भोला देसाई ने जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली गिन्ना ने या फिर डी सीआर आर दास ने प्रश्न नंबर 104 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भोला भाई देसाई ने प्रश्न नंबर 105 वक्राकार सौ सिंधु सभ्यता में कहां से मिली हैं ऑप्शन ए कालीबंगा से बी लोथल से सी चमहूदड़ो से या फिर डी हड़प्पा से तो प्रश्न नंबर 105 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चमहूदड़ो से प्रश्न नंबर 106। सौ में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था ऑप्शन ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने बी आंध्र प्रदेश और गुजरात ने सी राजस्थान और बिहार ने या फिर डी तमिलनाडु और केरल ने तो इसमें बताना यही कि सबसे पहले किन राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने प्रश्न नंबर 107 कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं आपने लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या फिर डी राष्ट्रीय संसदीय समिति तो धन विधेयक है या नहीं ये निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न नंबर या, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू का तो प्रश्न नंबर एक सौ आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रश्न नंबर एक सौ नौ संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है आप सही संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार चलाना बी कानून के अनुसार सरकार सी है लोकतांत्रिक सरकार या फिर डी उपरुक्त सभी तो प्रश्न नंबर एक सौ नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रश्न नंबर एक सौ दस राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है ऑप्शन है दो बी दस सी बारह या फिर डी पंद्रह तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बारह प्रश्न नंबर एक सौ ग्यारह मूल्यांकन संबंधित है ऑप्शन ए छात्रों के कौशलों के विकास से बी छात्रों की उपलब्धियों से सी छात्रों की रुचि से या फिर डी छात्रों के गुणों से तो प्रश्न नंबर एक सौ ग्यारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छात्रों के कौशलों के विकास से प्रश्न नंबर एक सौ बारह कक्षा शिक्षण होना चाहिए ऑप्शन ए सघन बी एक तरफा सी परस्पर संवाद या फिर डी सरल तो प्रश्न नंबर एक सौ बारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परस्पर संवाद प्रश्न नंबर 113 सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है ऑप्शन ए व्याख्यान बी श्रव्य दृश्य निर्धारण या फिर डी वाद-विवाद तो प्रश्न नंबर 113 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य प्रश्न नंबर 114 सौ क्षेत्र में पाठ्य चर्चा का क्या तात्पर्य है आप सर पढ़ाने का तरीका भी मूल्यांकन प्रक्रिया सी मूल्यांक विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम या फिर डी कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री तो प्रश्न नंबर एक सौ चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम प्रश्न नंबर पंद्रह सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है इसमें जो दिए उसमें से ऑप्शन ए चुंबकीय पास बी गोब सी मानचित्र या फिर नेपियर पट्टी इसमें बताना है कि कौन सा है है सामाजिक विषय में प्रयोग नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 115 का सही उत्तर होगा 116 निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में स्कीमो पाए जाते हैं ऑप्शन रेखी प्रदेश में सी भूमध प्रदेश में या फिर डी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में, इसकी में एक प्रकार की हैं। हैं। तो ये बताना है प्रश्न नंबर 116 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टुंड्रा प्रदेश में। प्रश्न नंबर 117 निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया ऑप्शन ए हम्बोल्ट ने बी हनर ने सी हार्टसोर ने या फिर डी हरबर्टसन ने प्रश्न प्रश्न नंबर नंबर 117 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी ने 118 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ए इकतीस मई को बी 21 मार्च को सी 5 जून को या फिर डी 11 जुलाई को तो प्रश्न नंबर 118 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 जून को प्रश्न नंबर एक सौ विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है ऑप्शन ए अमेजन बी नील सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गंगा तो प्रश्न नंबर 119 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र प्रश्न नंबर 120 निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है ऑप्शन ए क्लिमिनारो बी बी सी, सी क्राकाटो या फिर डी स्टॉम्बोली बताना है कौन सा ज्वालामुखी है प्रश्न नंबर 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 121 बंची टाप, एक बीमारी है ऑप्शन ए आम की बी लीची की सी केले की या फिर डी सेब की तो प्रश्न नंबर 121 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केले की प्रश्न नंबर 122 फर्टिगेशन का संबंध है ऑप्शन ए परागण से, से, से बी निषेचन सी संकरण या फिर डी जल एवं उर्वरक देने से तो प्रश्न नंबर 122 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जल एवं उर्वरक देने से प्रश्न नंबर एक मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त तो फल कौन सा है ऑप्शन ए बेल बी आंवला सी संतरा या फिर डी सेब प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संतरा प्रश्न नंबर 124 जेली में कितने प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है ऑप्शन ए पैंसठ बी 75 सी 45 या फिर डी 55 प्रश्न नंबर 124 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पैसठ प्रश्न नंबर 125 चित्रकला के तत्व होते हैं आपसेने वर्ण एवं तान बी पोत एवं अंतराल सी रेखा एवं रूप या फिर डी उपरयुक्त तो सभी प्रश्न नंबर 125 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरयुक्त तो सभी प्रश्न नंबर 126 विरोधी रंग कौन से है आपसे लाल हरा बी हरा नीला सी पीला लाल या फिर डी नीला बैंगनी तो प्रश्न नंबर 126 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरा और लाल सत्ताइस आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है एम एफ हुसैन बी सी अमृता नंदलाल बोस प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर है ऑप्शन बी अवनी प्रश्न नंबर एक कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम को लिखना है कि सही क्रम कौन सा है तो ऑप्शन ये है पहले पहाड़ी शैली फिर मुगल फिर बंगाल फिर कंपनी शैली या कंपनी पहले आई या बंगाल शैली पहले आई या फिर मुगल शैली पहले आई इसमें क्रम क्रम से लिखना है कि कौन सा पहले आया और सबसे बाद में कौन आया। तो प्रश्न नंबर एक सौ अट्ठाईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पहले मुगल शैली फिर पहाड़ी फिर कंपनी फिर लास्ट में आई बंगाल शैली प्रश्न नंबर एक तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है संगीत संगीत ए संगीत रत्नाकर, बी राग मंजरी या फिर डी संगीत मकरंद प्रश्न नंबर एक सौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संगीत रत्नाकर प्रश्न नंबर 130 सौ आमद शब्द संबंधित है आप ए तबला से बी गायन से सी सितार से या फिर डी नृत्य से तो प्रश्न नंबर 130 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नृत्य से प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर एक राग पीलू किस वर्ग में आता है ऑप्शन ए शुद्ध बी संकीर्ण सी दोनों में या फिर किसी में नहीं प्रश्न नंबर 131 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संकीर्ण प्रश्न नंबर 132 किसका उपनाम गलत है ऑप्शन ए वाजिद अली अख्तर पिया बी समता प्रसाद मित्र गुदई महाराज श्री महबूब का दरस पिया या फिर डी इनायत हुसैन प्राण पिया इसमें बताना है कि किसका उपनाम गलत है प्रश्न नंबर एक सौ बत्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनायत हुसैन प्राण पिया प्रश्न नंबर एक सौ तैतीस भोजन में सर्वाधिक कैलोरी किसमें होती है ऑप्शन ए वसा में बी कार्बोहाइड्रेट में बी प्रोटीन में या फिर डी खनिज लवण में तो प्रश्न नंबर 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वसा में प्रश्न नंबर एक सौ चौंतीस किस कार्य में सहायक होती हैं मांधपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती हैं ऑप्शन ए शरीर को सुडौल और आकृतिक बनाने में भी शरीर की गतिशीलता में श्री रक्त परिसरण में या फिर उपरुक्त तो सभी तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शरीर की गतिशीलता में प्रश्न नंबर एक मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए ऑप्शन ए भोजन के पश्चात रात्र में प्रातः खाली पेट या फिर डी जब भी समय मिले तब तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रातः काल खाली पेट प्रश्न नंबर एक सौ मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है आपसे ने उधर गुहा में बी वच्छी गुहा में सी कपाल में या फिर डी मुख गुहा में तो मानव मस्तिष्क कपाल में अवस्थित होता है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्न नंबर एक फुटबॉल का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब हुआ था आपसे ने अठारह में बी अठारह में अट्ठारह सौ छिहत्तर में या फिर 1871 में तो प्रश्न नंबर 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अट्ठारह में प्रश्न नंबर 133 सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था ऑप्शन ए बैडमिंटन के लिए भी वॉलीबॉल के लिए सी फुटबॉल के लिए या फिर डी बास्केटबॉल के लिए तो प्रश्न नंबर 133 का सही उत्तर है ऑप्शन ए बैडमिंटन के लिए प्रश्न नंबर एक ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं आपसे ने तीन बी दो सी चार या फिर डी पांच तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पांच प्रश्न नंबर एक कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं आपसे ने आठ तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक सौ ऑप्शन बी सात प्रश्न एक सौ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है इस पर का प्रतिबंध लगाया जा सकता है ऑप्शन ए राष्ट्र की एकता और घटता के पक्ष में भी संसद और न्यायालय के अवमानना या मानहानी पर या सी लोक व्यवस्था एवं शिष्टाचार पर या फिर उपयुक्त सभी आधारों पर तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी आधारों पर की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है प्रश्न नंबर एक कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है ऑप्शन एक कैसी बी कानून व्यवस्था सी, सी नागरिकता या फिर डी भूमियों राजस्व तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर है ऑप्शन सी नागरिकता प्रश्न नंबर 143 किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदचित कर सकेगा ऑप्शन ए कदाचार पर बी असमर्थता पर सी संविधान का उल्लंघन करने पर या फिर डी राज्यपाल की पदचित के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रश्न नंबर 143 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राज्यपाल की पदचित का आधार का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है प्रश्न नंबर एक सौ पैंतालीस डॉक्टर बी अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है आप सामानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो प्रश्न नंबर 145 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अब आपको बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है कमेंट में बताइएगा प्रश्न नंबर 146 सोनालिका किस फसल की प्रजाति है ऑप्शन ए मक्का बीज गेहूं या फिर डी धान तो प्रश्न नंबर 146 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोनालिका गेहूं की प्रजाति है प्रश्न नंबर एक बाजरा के लिए बीज दर क्या है आठ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या चार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोया जाता है बाजरा प्रश्न नंबर एक सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है ऑप्शन ए टपक सिंचाई विधि में बी कोर्ण विधि में सी छल्ला विधि में या फिर डी प्रवाह विधि में तो प्रश्न नंबर 148 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टपक सिंचाई विधि में प्रश्न नंबर एक गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है आप सन ये बालियाँ निकालना बालियाँ निकलना कल्ले निकलना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कल निकलना तो प्रश्न नंबर 150 सौ मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए पारिस्थितिकी बी भूगर्भ विध्वन सी पेडोलॉजी या फिर डी एडेफोलॉजी तो प्रश्न नंबर 150 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एडेफोलॉजी तो ये प्रश्न नंबर 150 आज का मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था जो भी प्रश्न इस मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अब आप लोग बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए